बेदली से हैं यहाँ पर हम बेदी से हैं अब यहां पर हम बिन तुम्हारे लगे दिल्ली। आए, आए, बिन तुम्हारे तुम्हारे बुरी बुरी लगे लगे दिल्ली दिल्ली एक शेर और देखें कि कयामत था तेरा उठकर चले जाना कयामत था तेरा उठकर तेरा उठकर चले, चले, चले जाना तेरा अब लौट आना भी कयामत है और चंद शेर देखें कि लोग है दुनिया पराई बस खुदा अपना है लोग दुनिया पराई बस, बस खुदा अपना समय ने बात ये मुझको सिखाई खुदा अपना वाह बहुत शुक्रिया समय ने बात ये मुझको सिखाई बस खुदा अपना और शेर देखें देखे सड़क के एक किनारे भूख से रोती हुई बच्ची हाँ। सड़क के एक किनारे भूख, भूख से, से रोती, रोती हुई, हुई बच्ची यही तो सोचकर है मुस्कुराई बस खुदा है वाह वाह बहुत अच्छा तो सोचकर है मुस्कुराई बस खुदा अपना एक गजल के जनशीर और देखें के इसी खुशी में दिखेगा पल भर गुजार दी हैं तमाम रातें के दोस्त बैठे ना उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ तो मतलब मुझे अंदर से ये गम खा रहा है तेरे नजदीक कोई आ रहा है यहाँ सब जैसे मुझ पर हस रहे हैं यहाँ सब जैसे मुझ पर हस रहे हैं बुरा है पर मजा भी मजा नहीं आज आप देख रहे हैं दखल न्यूज